अरे घारी सब सगौनो में आज वो घारी आ गई एक घारी सब घरी में एक घारी सब सगौनो में अरे का, का गौनो है देखो लगोनों में रिश्ते रिश्तों का मिलन हो रहा है। एक चने ना काओ से आए हैं लगनों में क्या है? अरे खरी सुनों में काका कौनों है देखो लगो रहे कभी सोचा था कि हमारे समी बने लेकिन जब घर आती है आज तक फूले रहे समी समी फूल रहे रिश्ते ने जाने काउ ने अपनों से दूर बड़ा नहीं पर है ना कौन बात आज तक भूले रहे साहब जरूर हम तो तो जरूर एकदार चिनार जरूर करने और समार दे प्यारी प्यारे अगर एक काम नहीं लगो तो स्टूडियो नहीं चल रही होगी तो फिर को न जेता के भूले समी समी भूले लाए रिश्ते ना से बजी लधामा दे बजी लधामा देखो, बना के अंगनों में एक बना के अंगने में काका एक ताली अड़ताली हजारे श्री गणेश जी को कह गेदार था गणेश जी को कह गे दाऊ में हल्दी चावल बह दा और सिपाही मसाले बसे था सिया राम को दा दे I got.